भूत क्या सच में होते हैं वैज्ञानिकों ने दिया ये जवाब दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज की वीडियो में हम भूतों के सच में होने के बारे में जानेंगे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सवाल का जवाब बताएंगे जिसमें वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि भूत होते हैं या नहीं तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं और इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पैरानल एक्टिविटी है हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं फिल्में बनती हैं उन्हें देखते हैं यह सिर्फ मनोरंजन नहीं उसके ऊपर का मामला है आइए जानते हैं कि भूतों के भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का तार्किक जवाब क्या है साल 2019 में हजार पोल में ये बात सामने आई थी कि 46 फीसदी अमेरिकी लोगों भूतों में भरोसा करते हैं इस समय में 7 फीसदी लोगों ने यह भी माना था कि वो बैंपायर्स में भी विश्वास करते हैं भूतों की कहानियाँ हर धर्म में होती हैं साहित्य में भी दिखाई देती हैं बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं मृत्यु के नज़दीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं आत्माओं से बातचीत करते हैं कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बातें करने का दावा करते आ रहे हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हैं भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में बनाई गई थी। इस सोसाइटी की की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर सिडविक नाम की महिला थीं। इन्हें असली फीमेल घोष्टर कहा जाता था अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च काम किया गया लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांच करता हैरी एक फ्रॉड है वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीब गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना चाबी का गायब हो जाना किसी मृत रिश्तेदार का दिखना सड़क पर परछाइयों का घूमना सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वास्कुल ने साल दो में एक किताब लिखी किताब का नाम था गोस्टली एनकाउंटर्स द हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थी इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है या यह पैरानोमल यानी पारोकिक प्रक्रिया हुई भी है या नहीं क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परम्परागत भूत की इमेज से मिलती नहीं है ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीज़ें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी हैं डरावनी या शौक देने वाली हैं लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं जैसे पोल्ट्रीजस्ट डराने वाला भूत हॉन्टिंग भूत या इंटेलिजेंट स्परिट्स बुद्धिमान आत्माएँ और शेडो पीपल यानी परछाइयों की तरह देखने वाले लोग इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं, जिनकी कोई तय संख्या नहीं है अलग-अलग इंसान के हिसाब से बनती-बिगड़ती रहती है। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं या एक कमरे से कोई चीज दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं इन चीजों को लेकर कई विवाद हैं अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फार्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं उनके हाथों में डंडे टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं जिन लोगों की हत्या हो जाती है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती हैं हत्यारे की पहचान करवाती हैं लेकिन ये सच है या नहीं इस पर सवाल बने हुए हैं क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह नहीं है भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी गोस्त हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सके ज़्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं गीगा काउंटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स आयन डिटेक्टर्स इंफ्राराइड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है लेकिन सच तो ये नहीं है घर की एल गैस में ज़्यादातर नीली रोशनी निकलती है तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते मुस्कुराते जानते डरते भूत दिख जाते हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी इनकी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास हैं अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जाँच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है जो फिलहाल नहीं है अब तो स्मार्टफोन्स में गोश्त एप्स भी आ गए हैं जिनके जरिए आप दरावनी तैयार कर सकते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ता है लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है कि आपने एप के भूतों का साथ लेकर लोगों से घपला किया है आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्यों है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी ये था थर्मोडाइना का पहला नियम यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है नहीं बिगाड़ी जा सकती है ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है ये कहीं और चली जाती है या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको एलबर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है इसका जवाब एकदम सामान्य है आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है उनका अंतिम संस्कार नहीं होता वो कीड़े मकोड़े मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सवाइव कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहे ऐसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओर्झा तांत्रिक या घोष्ट हंटर न देख सकता है न रोक सकता है ऐसे लोग खुद को सुपर मान लेते हैं ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे इन्होंने भूतों को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती ऐसी ऊर्जाओं की हमारे पर्यावरण में कमी नहीं है भूत असल में होते हैं या नहीं ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की ज़रूरत है लेकिन उन लोगों के मदद की ज़रूरत नहीं है जो खुद को गोस्ट हंटर ओजा तान्त्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं लाखों तस्वीरों वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक गोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए इसके पीछे दो वजह हो सकती है पहली कि भूत होते नहीं है ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं